टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि जिन भी कैंडिडेट ने सीबीटी की परीक्षा दी हुई थी ऐसे सभी कैंडिडेट को रिस्पांस सीट देखने के लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी सीबीटी एग्ज़ाम का रिस्पॉन्स सीट मतलब क्वेश्चन की आपने क्या किया हुआ था ये सारी स्पॉन्स सीट एक्टिवेट हो चुकी आपको किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्स देखनी है मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन वाले ऑप्शंस पे आना है फिर मार्कशीट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है इसके बाद में आपको अपना रोल नंबर डालना है इसके बाद में एग्जाम सिस्टम सिलेक्ट करना है इसके बाद में ईयर सेलेक्ट करना है इसके बाद में हमें सर्च करना है सर्च करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा ये देखिए रीडायरेक्ट आंसर सीट ये ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है जिन कैंडिडेट ने सी की परीक्षा दी हुई थी दिसंबर से लेके फरवरी तक वह सभी कैंडिडेट्स अपनी अपनी रिस्पांस सीट देख सकते हैं जो कि आपके रिजल्ट के स्टेटस में आ चुका है अब हम इसे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपका जो मोबाइल नंबर पड़ा होगा आपकी प्रोफाइल पर उस पर ओ जाएगा ओ डालते ही आपकी रिस्पांस सीट ओपन हो जाएगी ये देखिए आपके सामने आपकी रिस्पॉन्स सीट देखिए दिस इंफॉर्मेशन इज नाटेलेबल मतलब कि ये ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है ये एक से दो दिन के अंदर यहीं पर आपकी रिस्पॉन्स सीट जनरेट हो जाएगी आप अपनी रिस्पॉन्स सीट देख सकते हैं कि जो आपको कितने नंबर्स मिले हुए हैं आपके कितने क्वेश्चंस गलत हैं एग्ज़ाम में सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें